मैं नास्तिक क्यों हूँ यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण मनुष्य के जन्म मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता उसके शोषण दुनिया में व्याप्त अराजकता और और वर्गभेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह एक नौ शून्य इकतीस के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जान बहुत कष्ट हुआ की भगत सिंह का ईश्वर आरोप विश्वास नहीं है वे किसी तरह भगत सिंह की काल में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो जो कि एक काले पर्दे के तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख लिखा का नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक है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 अहकार भी मेरे स्वभाव का अंग है अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ यह बात कुछ हद तक सही है इससे मैं इनकार नहीं करता इसे अहंकार कहा जा सकता है जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है ऐसा हो सकता है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 मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृद्धाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके याद तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है यहाँ तक तो समझ में आता है लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे दो ही रास्ते संभव है या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ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 बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है वह एक उदारवादी व्यक्ति है उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली किंतु वे नास्तिक नहीं है उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे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 यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे ईश्वर के बारे में मेरे हट पूर्व पूछते रहने पर वे कहते जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया पक्के श्रद्धालु आदरणीय कामरेड श्र नाथ सान्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारवास भोग रहे हैं उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर ऐसी गान है उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो भी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है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 जो अपने देश में सफलता पूर्वक क्रांति लाए थे ये सभी नास्तिक थे बाद में मुझे नीलम स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात जिसने ब्राह्मण का सृजन दिग्दर्शन और संचालन किया एक कोरी बकवास है मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ रेलवे पुलिस हवालात में मुझे एक महीना काटना पड़ा पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां ताकोरी दल का मुकदमा चल रहा था कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों आरोप प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूँ तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बेगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। यह सब बेकार की बात थी हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते एक दिन सुबह ऐसी शून्य आई शून्य दी शून्य के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी आरोप लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है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 बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता नहीं मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम ना था विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है यहाँ तक कि उन्हें सुक्कर बना सकता है ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है तूफान और झंझावात के बीच अपने पावों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है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 मैं जानता हूँ कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तखता हटेगा वह पूर्ण विराम होगा वह अंतिम क्षण होगा मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी आगे कुछ ना रहेगा एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिंटी नहीं है अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझमें इस दृष्टि से देखने का साहस हो बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ढेर पर समर्पित कर दिया है क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत ऐसी पुरुष और महिलाएँ मिल जाएंगे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 आता कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे उसको विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन विदर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृद्धाभिमानी है यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है मुझे नहीं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 मैं अंत प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है वह वा अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को इसके भूत वर्तमान एवं भविष्य को इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है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 जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार है उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी हर व्यक्ति अपने को सही मानता है दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के हम आलसियों की तरह जो हम सिद्ध हो चुके हैं उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के दोषी हैं। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है यह मस्तिष्क को मूड और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है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 यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कृपया यह न कहे की यही उसका नियम है यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास है कृपा करके यह भी न कहें कि यह उसका मनोरंजन है नीरो ने बस एक रोम जलाया था उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगाए की हत्या की थी उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए और उसका इतिहास में क्या स्थान है उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं सभी विषय विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से काले पुते हैं भर्सना करते हैं नीरो एक हृदयहीन निर्दयी दुष्ट एक चंगेज खा ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जाने ले ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो जो चंगेज खासे ऐसी प्रत्येक क्षण अधिक है क्या यह सब बाद में इन निरोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है ठीक है ठीक है तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराने रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहा तक उचित करते थे कि एक भूखे खूखवार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वह उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस चेतन परम आत्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की रचना क्यों की आनंद लूटने के लिए तब उसमें और नीरों में क्या फर्क है तुम मुसलमानों और ईसाइयों तुम तो पूर्वजन्म में विश्वास नहीं करते तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क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 हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है कारावास की काल से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाज द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक पूर्वक निरुत्साह ऐसी देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देख कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से शेहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर राजा आने के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है उसको यह सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है क्यों और कहां से यही मेरा प्रश्न है तुम चुप हो ठीक है तो मैं आगे चलता हूँ और तुम हिंदुओं तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी है और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे आता वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे उन्होंने ऐसे सिद्धांत कड़े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 भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है इसका ध्यय अपराधी को योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है किंतु यदि हम मनुष्यों को अपराधी मान भी लें, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की क्या प्रकृति है तुम कहते हो वह उन्हें गाय बिल्ली पेड़ जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है तुम ऐसे चौरासी लाख दंडों को गिनाते हो मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर इनका सुधारक के रूप में क्या असर है तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्वजन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे एक भी नहीं अपने पुराणों से उदाहरण न दो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 क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था या उसको भी ये सारी बातें मानवा द्वारा अगतनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहदर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा क्योंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता वह अपने साथियों ऐसी तिरस्कृत एवं परित्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझते हैं, उसका अज्ञान उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन होगा ईश्वर वह स्वयं या समाज के मनीषी और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दम्पी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिनको तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कान में पिघले सीसे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उनका प्रहार कौन सहेगा मेरे प्रिय दोस्तों ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगो के आविष्कार है ये अपनी हथियाई हुई शक्ति पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। सिंक्लेर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमर्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा धर्म के उपदेश को तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन ऐसी ही जेल फांसी कोरे और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है यह तो वह बहुत आसानी से कर सकता है उसने क्यों नहीं लड़ा को राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में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 लोग समाजवाद के को मानते हैं, वे इसके व्यावहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं परमात्मा को आने दो और वह चीज को सही तरीके ऐसी करते अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदू को राइफलों बम और गोलियों पुलिस और सेना के सहारे यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहा है ईश्वर वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है एक नीरो एक चंगेज उसका नाश हो क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ चार्ल्स डाविन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है उसे पढ़ो यह एक प्रकृति की घटना है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 और कुछ भी कर सकता है वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है समाज को इस विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है तब उसे श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों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 अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे मैंने कहा नहीं प्यारे दोस्त ऐसा नहीं होगा मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझाता हूँ स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा पाकों और दोस्तों क्या यह अहंकार है अगर है तो मैं स्वीकार करता हूँ